अखरोट खाने से दिमाग तेज होता है पर किसी ने कितने भी अखरोट खाए हों अखरोट तोड़ने का तरीका गलत ही होता है जब हमें अखरोट तोड़ना होता है या तो हम हथौड़े से उसे फोड़ते हैं और उसके बाद उसके टुकड़ों को बीनते रहते हैं या फिर हम दरवाजे के बीच में फसा के अखरोट तोड़ते है जिससे कई बार दरवाजा भी टूट जाता है और कई लोग तो इतने चीते होते हैं की अपने दातों से अखरोट तोड़ के दिखाते हैं देखिये मेरे दाँत कितने मजबूत है और कई बार दाँतों से अखरोट तोड़ने के चक्कर में लोगों का दाँत ही टूट जाता है अखरोट को आसानी से तोड़ने के आसान उपाय बताएंगे प्लीज वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए अखरोट में ऊपर की तरफ एक ओपनिंग होती है एक छोटा सा छेद जिसमें आप चाकू घुसा कर उसे हल्का सा मोड़ दीजिए अखरोट तुरंत खुल जाता है अगर चाकू नहीं है तो कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि कैंची या कुछ और घुसा कर सिमिलर तरीके ऐसी आप अखरोट खोल सकते हैं और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अपने हाथ में दो अखरोट लीजिए और दोनों अखरोटो को एक दूसरे ऐसी छिपका जोर से फोर्स लगाइए एक अखरोट दूसरे अखरोट को फोड़ देता है बाकी बढ़िया क्वालिटी के अखरोट नीचे व्यू प्रोट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं